इमाम आकर धमकी दी पहले ललकारा अबुल हसन को बाहर भेजो जनाब इस सैदा दरवाजे के पीछे आई और आकर सवाल किया मन अन तुम कौन लोग हो क्या सैदा नहीं पहचानती थी ये कौन लोग हैं बखूबी जानती थी तुम कौन हो सिर्फ ये पूछना चाह रही थी मन अन कौन हो आज जो जानशीनी रसूल व सहाबत रसूल की बात करते हो मन अन तुम कौन हो जो भी हो ज्यादा से ज्यादा यही होंगे मेरे बाबा के सहाबी हो अब मैं बताती हूं अनफातिमा दरवाजे के बाहर कौन हो दरवाजे के अंदर कौन है अना फातिमा तुम बताओ तुम कौन हो मन अन दोबारा तकरार हुआ अली को भेजो बाहर। सैदा ने जवाब दिया जहरा की जिंदगी में तुम्हारे हाथ अली तक जा पहुंचे मैंने बारह मजालस में ये नुकता वजात की है एक सवाल हर एक के जहन में है बाजो ने लिखा भी है किताबों में कि जब मर्द घर में मौजूद हो और दरवाजे पर इस तरह का मंजर हो जाए तो मर्द दरवाजे पर आता है औरतों को नहीं भेजता तो बीबी -बी आई क्यों है बाजों ने इस वाक़े के इनकार के लिए ये दलील भेजी है कि यह कैसे हो सकता है कि शेर खुदा घर में हो और जोजा दरवाजे पर आ जाए ऐसा ही है सवाल उठता है और यह सवाल उठना चाहिए लेकिन जवाब भी सुनना चाहिए शेर खुदा उठे दरवाजे पे आना चाहा जनाबे सैदा ने बिठा दिया ए जब से रसूलुल्लाह ने रसालत का ऐलान किया है व विलायत का ऐलान किया है उस दिन से रसूलुल्लाह के मुकाबले में लोग आए हैं लेकिन मैंने कभी रसूल को उनके मुकाबले में निकलता हुआ नहीं देखा जब भी किसी ने रसूल को ललकारा अली निकले मुकाबले में कल रसूल वली थे आप नासिर थे अब तो रसूल नहीं हैं आप वली हैं मैं नासिर हूं आपकी कुछ मैदान वली के नहीं होते अजीज वली के नहीं होते कुछ मैदान अनसार के होते हैं कुछ मैदान शियों के होते हैं कुछ मैदान पैरोकार के होते हैं उस दिन दरवाजे के पीछे नहीं खड़ी थी एक नासिरा खड़ी थी एक नासिर खड़ी थी इसलिए फरमाती मेरी जिंदगी में तुम अली तक जा पहुंचोगे कैसे मुमकिन है अलबत् बीबी जानती तो थी कि पहले जो खोतबा बीबी ने दिया था जाकर मस्जिद के अंदर उस खुतबे के बाद बीबी को तमाम हालात समझ में आ गए थे खुतबा देने गई जब बीबी जाकर बैठी मस्जिद के अंदर वह रोई शिद्दत के साथ इतनी रोई पूरी मस्जिद को रुला दिया हता यही अश्किया जिन्होंने गसब किया था ये भी रोने लगे इस कदर दर्द से रोई जहरा लेकिन जब खुतबा खत्म करके वापस आई रोने का अंदाज बहुत बदल चुका था में हुई और अली इंतजार कर रहे थे जनाब सैदा का आई और आकर सैदा अंदर नहीं गई बाहिर ही रेत पर बैठ गई खाद पर बैठ गई और रोने लगी फरियाद करके रोने लगी अली ने पूछा जहरा मुझे लगता है हक नहीं दिया गया सैयदा फरमाती है अली काश ऐसे होता मुझे हक न दिया गया गया होता मुझे जुट लाया गया है, मुझे है मुझसे मांगे जा हैं हैं कहते है, आपके दावा की के, के लिए लेकर आओ को मालूम था कि पाला पड़ा है फरमाती मेरी जिंदगी में तुम अली तक जाओगे धमकी दी जाती है अगर दरवाजा नहीं खोलेंगे दरवाजे को आग लगा देंगे धमकी दी फिर इंतजार नहीं किया पहले से ईंधन जमा करके लाए हुए थे ईंधन जमा करके लाए हुए थे फौरन ईंधन रखा आग लगा दी दरवाजे पे आग लगी शोले उठे धुआं उठा दर जलने लगा दर जलने का भी इंतजार नहीं किया जलते दर को ठोकर से गिरा दिया दर का गिरना था पुष्ट दर से आवाज आई एलैया फिजा फिजा आयो मौसम शहीद हो गए सब मुबर ने तारीख में लिखा है कि दरवाजे की मेघरा के पहलू में जा लगी पहलू जख्मी हो गया ज़मीन पे बैठ के गिर फिज़ा फिज़ा को बुलाया करीब आती है कहा फिजा मुझे उठाने से पहले अपना कान मेरे करीब लाओ फिजा कान लाती है करीब फरमाती है फिजा अली को मालूम ना होने हो पाए पाये जहरा जख्मी हो गई मोहसिन शहीद हो गए क्यों? अली की गुरबत का एहसास बढ़ जाएगा तन करेंगे इसी असमा में जलते दरवाजे को फैला कर अंदर जाते हैं और अली को लेकर बाहर जब वापस आते हैं ये बड़ा दर्दनाक मंजर है ये बहुत दर्दनाक मंजर है शेर खुदा को कैसे लेकर आ रहे हैं किस आलम में लेकर आ रहे हैं बस यहां से अंदाजा लगा लो इस हालत में लेकर आए कि जब अली को जहरा के करीब से गुजारा जहरा को अपना पहलू का दर्द भूल गया अपने जखनी पहलू से हाथ उठाया अली के दामन पर डाल दिया और थाम लिया ये लाइन जिसने अली को थाम लेकर आ रहा था ये खुद बताता है एक खत में इसने दूसरे को बताया कि मैंने किस तरह अली का दामन छुड़ाया जहरा से कहता है मैंने देखा जब जहरा का दामन अली का दामन जहरा के हाथ में आ गया तो मैंने अली को अपनी तरफ खींचा चंद कदम कि शायद बीबी जमीन पे थी कि यह हाथ छूट जाए लेकिन हाथ इतना मजबूत था कि जहरा जमीन पर साथ खिंचती चली आए लेकिन हाथ नहीं छोड़ा मैं समझ निशान पड़ा हाथ छूट गया अली की तरफ लहराकर तर फरमाती है अली अल्लाह के हवाले अली अल्लाह के हवाले